अगस्त कॉम्प्ट अगस्त कॉम्प्ट ने सब प्रथम समाजशास्त्र शब्द की रचना की इसीलिए इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है कॉम्प्ट ने समाजशास्त्र को पढ़ने के लिए प्रत्यक्षवाद उपागम को माध्यम माना उन्होंने समाजशास्त्र को एक शुद्ध विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया प्रत्यक्षवाद कारण एवं परिणाम के सिद्धांत पर आधारित है इनके प्रमुख योगदान हैं प्रत्यक्षवादी सिद्धांत विज्ञानों का वर्गीकरण त्रिस्तरीय नियम और सामाजिक स्थिति की एवं सामाजिक गति की